हेलो दोस्तों सी ए फाउंडेशन सी ए इंटरमीडिएट और सी ए फाइनल का एडमिट कार्ड कैसे का एंड्रॉयड फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा प्रोसेस के साथ साथ बताएंगे सबसे पहले आपको गूगल में आना है गूगल में जाने के बाद आपको आई सी ए आई एग्ज़ाम लिखना है या आई सी ए आई ओ आर जी लिखना है चलिए दोस्तों हम पूरा फुल डिटेल्स बताएँगे आई लिखते हैं चलिए दोस्तों यहाँ पर चलिए दोस्तों मेरे साथ में ऐसा इंटरफेस आया सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए आई ए, आई द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टे अकाउंट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा देखिए दोस्तों ऐसे आपके सामने इंटरफेस आएगा आपको देखिए यहाँ से आप बुक सी डी परचेज कर सकते हैं डिजिटल लिमिटेड हो कर सकते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जामिनेशन आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है सबसे पहले आपको एग्जामिनेशनल पर क्लिक करना है देखिए दोस्तों यहाँ पे अनसपोर्टेड मीडिया लिखा है सबसे पहले आपको करना क्या है थ्री डॉट पर जाना है थ्री डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ डेस्क साइट लिखा है डेस्क टॉप क्लिक कर देना है देखिए दोस्तों आपके सामने ऐसे इंटरफेस आएगा यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा खुल चुका है वो भी एंड्रॉयड फ़ोन से करना क्या आपको देखिए लॉगिंग रजिस्टर लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे यूजर आईडी डी पासपोर्ट डाल देना है आपको लॉगिंग आईडी डी पासपोर्ट डाल देना चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं चलिए दोस्तों हम डाल चुके हैं देखिए दोस्तों मेरे सामने ऐसे खुल चुका है इंटरफेस देखिए दोस्तों आपको क्या करना है एडमी कार्ड डाउनलोड लिखा है देखिए दोस्तों नीचे में एडमी कार्ड सेकेंड में यहाँ पर लिखा है एडमी कार्ड डाउनलोड देखिए दोस्त एडमी कार्ड डाउनलोड पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है क्लिक चलिए दोस्तों कर देते हैं यहाँ पर अभी आउट ऑफ भी बाकी आउट ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ पे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सिखाएंगे ना दूसरे वीडियो में हम आउट ऑफ कैसे किया जाता है किसके बारे में किया जाता है क्यों किया जाता है वो सब हम दूसरे वीडियो में बता देंगे चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले एडमी कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर व्यू कर लेना व्यू करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है देखिए दोस्तों कंटिन्यू कर दिए हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई है क्लिक कर देना आपको यहाँ पे कंटिन्यू उतना वीडियो लंबा हो जाएगा देखिए दोस्तों कंटिन्यू कर दिया आपको यहाँ पे सब चीज़ पे क्लिक कर देना है सब पे क्लिक कर देना तब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा थ्रो देखिए दोस्तों हम क्लिक कर दिए सबसे पहले देखिए आपके सामने में इंटरफेस आएगा देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग लिखा प्रिंटिंग पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्रिंटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इंटरफेस आएगा चलिए दोस्तों यहाँ प्रिंटिंग पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों नोट फॉ लिखा है यहाँ पे आपको करना गया थ्री डॉट पे जाना है थ्री डॉट पे जाने के बाद वही डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है आपको ऐसे करिएगा तो आपके प्रोफाइल में या मेमरी फाइल में आपको ऐसे डाउनलोड हो जाएगा देखिए दोस्तों मेरा डाउनलोड हो चुका है मेमरी फाइल में देखिए जैसे वो फाइल में ही डाउनलोड हो, हो जाएगा आप जैसे कि प्रिंटिंग पे क्लिक कीजिएगा आपके प्रोफाइल में सब डाउनलोड हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है हो गया चले दोस्तों आप आगा बढ़ते देखिए दोस्तों ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऐसे ही बात अगर देखिए दोस्तों यहां से डाउनलोड अप कर सक हेलो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लिए अगर ऐसे ही इम्पोर्टेंट कोई जो भी पूछना है आपको कमेंट में कर सकते हैं आप हर चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा मोस्ट अलाउंसमैन सब सब आपको इसमें इस वीडियो में पता चल जाएगा सबसे पहले अपडेट देंगे सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दीजिए जो चीज़ से रिलेटेड है सब आपका डॉट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो में ऑप्ट टॉप कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे क्यों किया जाता है चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट